अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको फोटो में क्रिकेट रग्बी और बॉक्सिंग करते हुए खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी नौ आप अपना जवाब